कोई सपना से तू सचना से किसी गीतकार की रचना से कामनी सा उसने तेरा कविता फिकर भष्टं तेरे जैसा मुखड़ा प्योर सथाई बरकर फिकर भष्टं तेरे जैसा मुखड़ा प्योर सथाई बरकर फिकर भष्टं तेरे जैसा कि सजावट कहना की कुछ रूप कसूता तेल आख्या ष्टरे जैसा मुखड़ा प्योर सथाई बरकर फिकर फश अंतरे जैसा मुखड़ा प्योर सथाई पर कर फिकर तेरे अंतरे जैसा मुखड़ा प्योर सथाई पर का कवि ने भीतर लेकर सार सतु बार बार तेरा जिक्र चले अलंकार सतु सतु बार बार तेरा जिक्र चले अलंकार सतू करू उपमा कि तेरे जैसा मुखड़ा प्योर ससाई बरकर फिकर बल्दिया तेरे जैसा मुखड़ा प्योर ससाई बरकर फिकर बल्दिया तेरे जैसा मुखड़ा प्योर सथाई बर्गा छब्बीस छब्बीस की क्या कद की तुक बंदी है तू छाप सहरी लाठर की गुना की संदिश है तू छाप सहरी लाठर